रिस्क है तो कुली तो तो थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक एप्लीकेशन लाए हैं जो एक लूडो अपन है इसमें आप लोगों को एक दो मिनट का लूडो खेलना है और इसके बदले आप लोगों को यहां ढेर सारा पेटीएम कैश अर्न करने का मौका मिलेगा तो दोस्तों एप्लीकेशन आप, आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च करके लाए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना वरना आप एक लूडो एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन मिस कर देंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्या प्रोसेस साइन इन करने का और इसमें कैसे खेल सकते हैं लूडो इसे जानने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसे टच करके ओपन करना है आप लोग जैसे लिंक टच करके ओपन करोगे आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा आप लोगों को यहां डाउनलोड नाव पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा दोस्तों हम यहाँ पहले से ही डाउनलोड करके रख चुके हैं तो यहाँ साइन अप वाले बटन पर क्लिक करके इसे साइन इन कर लेना है इसमें अपना नाम डाल देना है दोस्तों उसके बाद यहाँ उजर नाम दे। देना है उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है उसके बाद इंटर ईमेल आईडी डाल देना है दोस्तों उसके बाद यहाँ टिक लगा देना है उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड मिलेगा उसे यहाँ फिल कर देना है दोस्तों ध्यान रहे रेफल कोड जरूर फिल करें अन्यथा आप लोगों को ₹10 फ्री में नहीं मिलेगा दोस्तों जिससे आप लूडो अर्न कर सकते हैं और पैसा आप लोगों को यहां साइन वाले बटन पर क्लिक करके इसे साइन अप कर लेना है दोस्तों दोस्तों आप लोग जैसे साइन खत्म करोगे आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा आप लोगों को यहाँ स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके अगर आप लोग चाहे तो गेम खेल सकते हो दोस्तों तो चलिए एक गेम हम खेल लेते हैं उसके बाद आप लोगों के सामने दिखा देंगे किस तरह विड्रॉ होता है और पैसे किस तरह ऐड कर सकते हैं दोस्तों इसमें मिनिमम पैसे ऐड कर सकते हैं और मिनिमम पैसे रिडीम भी कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों चलिए एक बार आप लोगों को खेल के दिखा देते हैं आप लोगों को यहाँ स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ एक कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों तो चलिए हम हरा सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो दस तक खेल सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम तीन हज़ार तक खेल सकते हो दोस्तों तो चलिए हम अभी फ़िलहाल दस का ही खेलते हैं क्योंकि हमें दस का ही बोनस दिया गया है दोस्तों आप इस बोनस को ही यूज़ करके खेल सकते हैं इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात कही चलिए हम दस का खेलते हैं आप लोगों को यहाँ ज्वाइन रूम पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ कुछ लोडिंग होने देना है दोस्तों जब तक लोडिंग हो रहा है तब हम रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों क्योंकि तो इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों फाइनली हमारा लूडो ऐप ओपन हो चुका है यहाँ आप लोगों को सिंपल ही लूडो वही खेलना है बस आप लोगों के सामने यहाँ दो गोटी ही दिया जाएगा दोस्तों तो चलिए हम लूडो खेलते हैं वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देते हैं दोस्तों उसके बाद लास्ट में मिलते हैं आप लोगों के सामने हम हारते हैं और जीतते हैं उसके दिखाते हैं लिए हम यहां पर आ चुके हैं हमारा एक गोटी लाल हो चुका है दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हो और चलते हमारा एक गोटी और बचा है दोस्तों तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हुए फिर से मिलते हैं आप लोगों के सामने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कितनी बुरी तरीके से हार चुके हैं आप लोगों के सामने पर आप लोग चिंता मत कीजिए आप लोग अच्छा से खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे दोस्तों तो चलिए यहाँ आप लोगों को मेनू पर क्लिक करके बैक चले जाना है तो आप लोगों को यहाँ अगर पैसा ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आप लोग वॉलेट से जोड़ सकते हो तो चलिए हम दिखा देते आप लोगों को दस रुपया जोड़ के दोस्तों तो आप लोगों के सामने इस तरह लोडिंग होने देना है और आप लोगों को यहां से देख सकते हैं फ़ोन पे पेटीएम हर प्रकार का सुविधा गया है दोस्तों तो हम पे से यहां पर ₹10 आप लोगों के सामने क्रेडिट करके दिखाते हैं दोस्तों तो आप लोग यहां पर वेट कर लीजिए आप लोगों को यहां कुछ लोडिंग होने देना है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ओटोपी फिल कर देते हैं दोस्तों उसके बाद हमारे पेटीएम से दस रुपये कट जाएगा तो देख सकते है दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर मेरा ₹10 जुड़ चुका है तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ अगर पैसा विड्रॉ करना है तो यहाँ क्लिक करके आप लोग पैसा हर प्रकार से विड्रॉ कर सकते हैं यूपीआई से कर सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से आप पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय जय हिंद